रंग तो काला था लेकिन सोना दिल था बिलाले हबशी का अबू लाहब का चेहरा तो चमकता था इसीलिए उसको अबू अंगारे की तरह चमकता हुआ लेकिन उसका दिल काला था तो वहाँ चेहरे नहीं देखे जाते वहां दिल देखे जाते इल्ला मन अतल्ला सलीम वहाँ देखा जाता है कल सलीम के साथ कौन आया दिल की सुथराई दिल की फत दिल की पाकिजगी शीशे उत्ते कट्टा जमया कंदा चाड़ी जाते शीशे कट्टा जमया कंधा चाड़ी सांप के रखन वरके फाड़ी जाने जिलदा नरके फाड़ी तो तो तो ये साफ होना चाहिए ये सुथरा होना चाहिए मेरे और आपके कौमोलम सलम हमारे माँ बाप उन परबान कसरत के साथ एक दुआ मांग देती या मुकलब कुलूब सब कल बला दीदों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पे साबित रखना रजी तहा फरमाती हैं कि मैंने हजूर आलाम से पूछा कि हजूर इस्लाम लाने के बाद भी इसकी ज़रूरत है कि अल्लाह की बारगा में अर्ज करें तो अक्री ने शरमाया दिल रहमान की दो उंगलियों के दरम्यान है वो जिस तरफ चाहे पलट दे बेनियाज है तो इसलिए हर वक्त उससे मांगना चाहिए अल्लाह मेरा दिल सलामत रहे दीन पर कायम रहे वरना हम देखते हैं कितने लोग हैं बजाहिर अच्छे अच्छे होते हैं लेकिन अंजाम बखैर नहीं होता इन अमल आमाल बिलखात अमाल का दारो मदार खातिमा पे है खात्मा कैसा होता है हज़रत साहल बिन साद सादी रजील्ला फरमाते हैं कि एक गज़बा में एक मालदार शख्स बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था इस जुरत से लड़ रहा था कि हमारे दिल में आया कि क्या बात है बाका करीम ने देखा तो फरमाया जिसने अहल जहन्नम में से किसी को देखना होते देखा बड़ी हैरत हुई एक से अभी कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया कि हजूर आई इस्लाम ने जो फरमाया है कोई वजह होगी तो मैं देखूँ माजरा क्या वो कहते हैं जब वो लड़ते लड़ते जख्मी हो गया तो उसने अपनी ही तलवार को अपने सीने में यूं रख करके अपना वजन उस ऊपर डाल दिया और दो कंधों के दरमियान से तलवार उधर निकल गई और यूं ख़ुदकुशी कर ली तो कहा कि बंदा सारी ज़िंदगी नेकियां करता है लिखा हुआ गालिब आ जाता है और फिर आखिर अच्छा नहीं उसका रहता और कितने ऐसे लोग हैं कि जिनका माजी बहुत भयानक और बुरा था लेकिन आखिर ठीक हो जाता है तो इसलिए हमेशा अल्लाह से अंजाम बखैर की दुआ मांगो या मुकलब कुलूब सब बिकल भी अला दीन ए दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को दीन पे साबित रखना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अंजाम ठीक ना हो अंजाम हमारा ठीक होना चाहिए